इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आप वेबसाइट सामने देख रहे हैं इसने परीक्षा के फॉर्म की घोषणा कर दी है और इसने अपने वेबसाइट पर परीक्षा के फॉर्म का विवरण दे दिया है जो लोग परीक्षा देना चाहते हैं अर्थात पी में अगर आपने जुलाई 2022 में एडमिशन लिया है या फिर जो लोग अन्य पाठ्यक्रम जैसे बी एम कर रहे हैं उनके लिए यह सूचना है अगर एक वर्ष पूरा होने जा रहा है तो जून के सत्र की परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं तो फॉर्म भरना आवश्यक होगा देखिए यहाँ ऊपर इग्नू डॉट ए आप देख सकते हैं ये मैंने वेबसाइट मोबाइल में खोला है इसमें आपको करना क्या है जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये देखिए नीचे जाएंगे अगर आपको अपना विवरण देखना है तो यहाँ एक विकल्प है इनरमेंट इनरोल्ड स्टूडेंट यहाँ इनमेंट नंबर डालना है और उसके बाद फिर आपका प्रोग्राम डालना है डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ से आप लॉग कर सकते हैं आई कार्ड वगैरह निकालना है या कुछ करना है और जब आप नीचे जाएँगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर जून 2023 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो वेबसाइट खुला है इसमें कुछ मांगता है आपसे स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म ये तमाम चीज़ें इसको क्लोज कर दीजिए और लास्ट डेट है इसका पाँच अप्रैल शाम के छः बजे तक विदाउट लेट फी तो आप इसमें नीचे की तरफ जाएंगे देखिए इसमें शेड्यूल दिया हुआ है कि छः मार्च से पाँच अप्रैल तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो दो सौ रुपया पर कोर्स लगेगा थ्योरी कोर्स के लिए एंड प्रैक्टिकल लैब कोर्स के लिए इसमें लिखा हुआ एग्जामिनेशन फ़ी टू हंड्रेड पर थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल अप टू फोर क्रेडिट तीन सौ एवं चार क्रेडिट पाँच सौ और प्रोजेक्ट का फ़ी इन्होंने तीन मांगा है और चार क्रेडिट से अगर ऊपर है तो पाँच मांगा है और छब्बीस अप्रैल तक आप भरते हैं तो फिर दो पर कोर्स और लेट फी ग्यारह लगेगा छः अप्रैल से 25 अप्रैल तक आप भरते हैं तो लेट फी आपको पाँच रुपये देना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं इसमें फॉर्म जमा करने का सारा विवरण लिखा हुआ है और विवरण के बाद जब आप इसमें नीचे जाएंगे देखिए नीचे ऐसे चलते जाएंगे तो यहाँ आपका देखिए अगर आप डेट शीट देखना चाहते हैं तो ये नीले रंग का लगा हुआ है क्लिक हीयर टू व्यू लिस्ट ऑफ एग्जामनेसन सेंटर्स यहाँ देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ देखिए डिक्लेरेशन लिखा हुआ है यहाँ एक टिक करना है देखिए नील रंग में टिक हो गया वह करने के बाद प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे सेलेक्ट प्रोग्राम जो भी आपका प्रोग्राम है ए बी सी डी लिखा हुआ है बीए लिखा हुआ है बी सारा अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है आप जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं वह प्रोग्राम चुनें और चुनने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर रीजन किस क्षेत्र में है जैसे मान लीजिए मुझे कोलकाता चुनना है या कोहिमा जो भी है मैं कोलकाता चुनता हूं कोलकाता आपने चुना और इसके बाद ये कपचा डालना है कपचा डालने के बाद फिर आपका पोर्टल खुल जाएगा और फिर आप उसमें अपने कोर्स सेलेक्ट करें कोर्स सेलेक्ट करने के बाद एग्जामिनेशन फ़ी सेलेक्ट करें और एग्ज़ामिनेसन सेंटर सेलेक्ट करें सेलेक्ट करने के बाद जमा कर दें और इस तरह से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं तो देर ना करें अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं लेट फी के तो यथाशीघ्र फॉर्म भर लें